भाई ये लंगड़ा आम का लंगड़ा नाम no. पड़ गया अरे भाई तुमको नहीं पता क्या लंगड़ा आम का नाम ना पहले लंगड़ा आम नहीं था हाँ? पहले उसका नाम तगड़ा था अच्छा और तगड़ा आम को जो था ना चौसा से प्यार हो गया हाँ? चौसा से प्यार हो गया तो कई साल उसका चक्कर चला लेकिन जब चौसा के बाप दशहरी को यह बात पता चला ना तो पड़ गए तगड़ा आम के पीछे और तगड़ा आम को एक दिन अपना गली में धाई कालर इतना कूटे इतना कूटे इतना कूटे कि तगड़ा आम का पैर गया टूट हाँ। तगड़ा आम जब वहाँ से पैर टूटे हुए लंगड़ा लंगड़ा के घर गया हाँ। तब से उसका नाम लंगड़ा आम पड़ गया समझे समझ तभी से उसका नाम लंगड़ा आम है अच्छा अच्छा